बेहतर है? है। लड़ाई लंबे समय से चल रही है। इस मुद्दे को खत्म करने के लिए कैरी ने YouTube नाम का का का एक वीडियो वीडियो बनाया। अब टिकटॉकर कई बातों जवाब था ये वीडियो आते ही भयानक वायरल हो गया इसे छह दिन में सात करोड़ से ज्यादा बार देखा गया इसका फायदा कैरी को भी खूब मिला जब उन्होंने ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था तब उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या थी 10.6 मिलियन यानी कि एक करोड़ छह लाख के आसपास लेकिन उस वीडियो के बाद उनके टोटल सब्सक्राइबर्स हो गए थे 16.7 मिलियन यानी कि एक करोड़ सड़सठ लाख लेकिन अभी ये सब चल ही रहा था कि YouTube ने क्यारे वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया ये कहकर की ये वीडियो उनके टर्म्स ऑफ सर्विस यानी की सेवा की शर्तों का उल्लंघन करता है लेकिन यह है की कैरी मनाटी ने यूट्यूब को डिफेंड करते हुए बनाया और यूट्यूब ने उसे अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट करवा दिया अगर यूट्यूब की गाइडलाइन या पॉलिसी की बात करें तो उनके पेज पर हमें ये लिखा हुआ मिला गाड़ी ऐसी भरे वीडियो या कॉमेंट YouTube पर पोस्ट करना ठीक नहीं है अगर वीडियो या कमेंट में हो रहीपूर्ण तो तो किया जा सकता है या फिर यूट्यूब ऐसी हटाया जा हटाए जाने का खूब विरोध हो रहा है इस वीडियो को बनाते वक्त तक ट्विटर आरोप पाँच टॉक में ऐसी चार फ्रेंड कैरी और उनके वीडियो ऐसी जुड़े हुए थे यूट्यूब के कदम शिकार सिर्फ कैरी नहीं वो तमाम यूट्यूबर्स हुए हैं जिन्होंने YouTube YouTube TikTok हटा दिए गए इस चक्कर में लक्ष्य चौधरी ऐसी लेकर और सम्राट तक के सारे वीडियो जो है इस टॉपिक पे जो बनाए गए थे वो डिलीट हो चुके हैं हालांकि ऐसा नहीं है की YouTube आरोप गाली वाले वीडियोज नहीं होते लेकिन जब कोई वीडियो ज्यादा ही वायरल हो जाता है और उस पर बहुत सारे लोगों की आपत्ति आ जाती है, तो YouTube भी सत्ते में आ जाता है। यूट्यूब वर्सेस टिकॉक वाले मामले में भी यही हुआ क्योंकि तमाम बहानों और एक्सप्लेनेशन के बावजूद कैरी बनाने का वीडियो टिकटॉकर्स को नीचा दिखाने वाला ही था गाली गोलॉज की मात्रा तो क्यों नहीं कहे कोशिश करने के बाद भी आप उसे साइबर या फिर पंद्रह मई की सुबह जब कैरी के ट्विटर हैंडल पर यूट्यूब टिकट दी एंड वाला मौजूद था तो ट्विटर ने कैरी के हैंडल आरोप रिस्ट्रिक्शन लगा ली थी अब जब वो वीडियो यूट्यूब ऐसी हट चुका है तब